भाभी भाभी भाभी नहीं लगाया है। है रंग लेना और और भीगे बैठे रहो। ऐसे कुत्ते कुत्ते जैसा हमारा नाम है। हमारा जन्म होली खेलने के लिए हुआ मिलना बेटा कुछ लिया तुम सफेदा तुम सफेदा नहीं जानते हो नहीं तुम तो सफेदा को नहीं जानते हो नहीं हो मेरी मैया अरे बता यार कौन कर रहे हो खोलो सफेदा अरे सफेदा होली के दिन हाथ में बंदूक लेके पूरे मोहल्ले में रंगों के बीच खुलेआम पहले वाला 25 साल का खड़ूस नौजवान जिसे होली से है फक लग रहा है खोल मत कर सब अगर पुन्नी को जलाकर राख कर देना सिंह का को पे रखने वाला वाला से रंग शहर में में रंगों के बीच पूरा पर पर लोगों में तितनी कि उसके कपड़ों पर रंग की बूंद अगर गिर गई तो सपेला को होली से दिक्कत क्या है जागी हो गई तिलक के साथी फकीरा ने खाली तिलक की बर्बादी अलुआ किडनैपर फकीरा का भाई तिलक को लाया खूब बजाएंगे किसी ना को लेने गया फकीर बचकर किसी ना निकला संतोस से चक्कर संतोस से चक्कर संतोस से चक्कर होली के दिन ऐसे दिल उनका भाई ने फकीरा ने उठने कसम ने ककली कसम ने ककली कसम ने ककली मैं कसम खाता हूं आज के के के कभी रंग नहीं शिचीला। शिचीला। शिचीला। पीछे पड़ा है। आद्मी नहीं खेलूंगा। है है। बाद पीछे पड़ा? क्योंकि आदमी आदमी में में में पिछली होली उसकी होल पैंट छुप थे, फिर उसके उसने एक और खाई थी। मैं कसम खाता हूँ तू चाहे चाह चुका हो रघवीरा अगले साल का दिन दिन तेरा तेरा आखिरी होगा। इसी मैं तूने तूने मेरी पैंट में रंग नहीं पोता है अपनी मौत है अपनी क्या हाल। कह है? रहे? लगी हैगी गए थे। हमने पूजा की भरती, मजा इधर आओ। अबे बना तुम ब्लूटूथ कनेक्ट कर। बहुत डर लग रहा है पता पता नहीं नहीं कब सफेदा आ जाए उसको पता ही तो रघुवीरा कहा है ये खड़े तो है हम तो आपका ए, जीवन भर कर लेंगे भैया आप आप हमारे हमारे हैं तुझे साथ बच्चे बच्चे, बच्चे ए, ए, ए, ए, ए। ये तुझे मेरी पेंट पे पेंट पोतने के पहले पोतना चाहिए था कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ निपटने का टाइम आ गया भैया कुछ नहीं हम आज तक बंदूक पकड़ के कभी नहीं देखे अगर एक बार हमको आप अपनी बंदूक दिखा देते दे, तो तो हम ता जाते मतलब मतलब मतलब करने की जरूरत नहीं पड़ती बस एक बंदूक <स्थाँगा> जाओगे इनका भी तो ब्लूटूथ से कनेक्ट है अरे अरे गुस्सा हम क्या? तुम भी क्या याद रखोगे सफ़ेद से पड़ा पड़ा था बोलना चाह रहा लग रहा हाथी मुझे पकड़े ढूंढ जाएगा लेकिन बोला बोलो hmm?